गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर एक बार फिर टिप्पणी की है गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ जी को उनके छोटे भाई ने इस कदर चक्रव्यूह में फंसा रखा है जिस कदर अभी भी चक्रव्यूह में नहीं फंसा होगा साथ ही उन्होंने गहलोत सरकार के पुराने पेश करने पर कहा की भले ही राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत हो लेकिन पायलट कोई और ही है मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर छीटा कसी से बाज नहीं आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री में जुबानी जंग तो चल ही रही थी अब साथ ही मध्य प्रदेश के को भी में नहीं फसाया गया था हर कदम पर कमलनाथ जी के छोटे भाई का ग्रुप है जो चाइनीज माला लिए उनके स्वागत में तैयार रहता है इस कदर फंसा लिया है कमलनाथ जी को अभिमन्यु में नहीं फंसा होगा चक्रव्यू हर कदम पर उनके छोटे भाई का जो गुट है वो चाइनीज माजा लिए कमलनाथ का स्वागत करने को तैयार रहता है ने राजस्थान सरकार के बजट पर बोला कि अशोक गहलोत ने जैसे पिछले साल के पुराने बजट को ही नया बजट बनाकर पेश किया है उससे लगता है कि मुख्यमंत्री चाहे गहलोत हो लेकिन पायलट कोई और ही है हर बजट के बाद विपक्ष उससे पुरानी बोतल में नई शराब अक्सर कहता सुना गया ये पहली बार हुआ है कि पुराने बजट को नई फाइल में पेश किया गया है इससे समझ में आता है कि सीएम की सीट पर भले ही अशोक गहलोत हो पर पायलट कोई और है। वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज